छात्रावश अधीक्षक की तैयारी कार्य पूरी जानकारी छात्रावश अधीक्षक का सिलेबस देखने वाला है पैटर्न किस प्रकार होगा परीक्षा आपका ऑफलाइन आप आयोजित की जाएगी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी प्रश्न पत्र की बात करें तो टोटल डेढ़ सौ अंकों का पूछा जाएगा परीक्षा का समय अवधि ढाई घंटे की रहेगी प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक आपका प्रदान किया जाएगा प्रत्येक ग्रहत उत्तर के लिए जीरो अंक काटे जाएंगे यानी कि चार आपका सही रहेगा उसमें एक नंबर काटा जाएगा ठीक है जिसमें चार ऑप्शन गलत रहेगा उसमें एक अंक काटा जाएगा सिलेबस आपका इस प्रकार रहेगा छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस ठीक है अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कंप्यूटर का आपको 50 नंबर पूछा जाएगा हिंदी का आपका 10 नंबर अंग्रेजी भाषा का 10 नंबर गणित का बीस नंबर सामान्य ज्ञान का बीस नंबर छत्तीसगढ़ जी का बीस नंबर करंट अफेयर का बीस नंबर यानी कि टोटल आपका डेढ़ नंबर का पूछा जाएगा छात्रावस अधीक्षक में अगर बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो